तू तो करना क्या चाह रहा है पन्ने पन्ने फट जा रहा है अरे कुछ नहीं यार स्कूल से सारे ने दिवाली के ऊपर एक स्पीच तैयार करने को बोला समझ ही नहीं आ रहा चल तुझे कैसा कमाल का ए आई ट्वेल बताता हूँ सारी प्रॉब्लम ठीक कर देगा इधर तो तुझे सिंपली गूगल क्रोम पे जाना है और प्ले ग्राउंड ओपन सर्च कर लिया और जो सबसे पहला लिख दिख रहा है उसमें टच कर दिया फिर सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा अब तुझे दीपावली पे स्पीच देखना था ना कोई डिश भी बनानी है तो वो भी तू इससे बोल सकता है जैसे how to make sandwich. देख इसने वो बता रही है अब जब इतना कुछ देख लिया है तो अब देख लेते हैं कि हाउ टू मेक अ फ्री मनी